वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक फिटर ट्रेड थ्योरी का लेकर के आया हुआ हूँ इससे पहले मैंने आपको फिटर ट्रेड का पार्ट टू कराया हुआ था जो कि था फोरजिंग और बैग स्पीति का आज मैं पार्ट थ्री यहाँ पे कराने जा रहा हूँ जो कि कोशिश करूँगा कि आज की क्लास में ये समाप्त हो जाए सबसे पहले हम जानेंगे है क्या जा? एक प्रकार का का फोर्जिंग या ब्लैक जिसमें दो पार्ट्स होते हैं टॉप तथा बॉटम इस ये हाई कार्बन स्टील या टू स्टील से बनाया जाता है और इस ये लंबाई को तो हम देखेंगे इसका काम क्या है? है, है तो इसके इसके ऊपर और और नीचे दो सेट में में पाया जाता है। जो कि आपको दिख रहा टॉप बॉटम। बाद में इस पर भिन्न भिन्न साइज के गोल चौकोर और आयताकार सुराग ऐसे में बनाए जाते हैं और इसके सेंटर में विभिन्न साइज के अर्धवृत्ताकार ग्रुप बने होते हैं जो कि आपको यहां पे दिख रहा होगा ये हाफ राउंड में में ग्रुप बना होता है। इसके बाद में इसका प्रयोग गोल रोड की ड्राइंग करने के लिए तथा मुड़ी हुई गोल रोड को सीधा करके बनाया जाता करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मतलब गोल का बना होता है और इसके भी दो पार्ट्स होते हैं टॉप और बॉटम ये टॉप है ये बॉटम है इसका भी कार्य क्या होता है है ये लंबाई बढ़ाने के में यूज किया जाता है। और इसका जो मेनली यूज है इसका प्रयोग जॉब पर हालो ग्रुप या गोल कॉर्नर पर नेक बनाने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट हमारा आ गया फ्लैटर फ्लैटर जो है हमारा जितने भी ये टूल्स हैं ये हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील से बनाए जाते हैं हाइडेड और टेम्पर करके। फ्लैटर एक तरीके का हैमर है जो कि स्क्वायर होता है फ्लैट और लेबल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है इस मतलब ये फ्लैट तथा लेबल बनाने के लिए यूज किया जाता है इसका फेस बिल्कुल चपटा होता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका फेस बिल्कुल चपटा है नेक्स्ट हमारा हैमर। हैमर नॉर्मल हैमर की तरह से ही होता है ये भी हमारा टूल स्टील या डाई से बना होता है अब इसके हम फीचर देखेंगे ये हैमर वर्गाकार और फ्लैट फेस वाले होते हैं अभी मैंने पहले ही आपको बता दिया है इनका प्रयोग संपूर्ण वाले कॉर्नर और फ्लैट कार्यों के लिए किया जाता है मतलब स्क्वायर और फ्लैट करने होते हैं इस हैमर का यूज उसमें किया जाता है नेक्स्ट हमारा वीक आयरन, मतलब ये एनबिल का ही है, छोटा पार्ट। से बनाया जाता है और यह छोटी या गोल रिंग बनाने के काल में इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट हमारा आ गया पंच पंच जो है हमारा टूल स्टील का बनाया जाता है अब पंच का काम क्या होता है इस में इसका भी यूज किया जाता है। है? नेक्स्ट हमारा का क्या कार्य इस टूल के द्वारा जॉब जॉब पर पर या पंचिंग होल को समानांतर या किसी आकार में बड़ा करने के लिए कार्य किया जाता है मतलब ड्रिप्टिंग का कार्य का का आकार बड़ा या टेपर करने में में में यूज किया जाता है और है और पंचिंग पंचिंग क्या इस कार्य टूल के द्वारा जॉब किसी भी आकार का आकाराग बनाया जाता है मतलब इसके द्वारा सुराग बनाया जाता है और इसके द्वारा बने हुए सुराग को लाइट या बड़ा करने के कारण का अलग अलग मेटल होता है इसमें 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिस मेटल्स को गर्म करेंगे उसका चलन हल्का होता है और जो डिग्री से सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है वह सफेद कलर का होता है अब चलेंगे ऑपरेशन ऑपरेशन की ओर जो कि होते हैं सबसे पहला है ड्राइंग आउट ड्राइंग आउट का तो मतलब है लंबाई बढ़ाना अगर हम कोई जॉब लंबाई बढ़ाई जाती है तथा क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया जाता है अब हम चलेंगे ड्राइंग आउट के बाद आ गए हम अब इसमें लंबाई करते हैं अब हम चलेंगे बेंडिंग बेंडिंग का मतलब है किसी भी जॉब को बेंड करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे हम बेंडिंग प्रोसेस कहते हैं नेक्स्ट हमारा है बेंडिंग के बाद में पंचिंग। किसी भी ऑपरेशन में का जो पंचिंग करने वाले प्रोसेस को हम पंचिंग ऑपरेशन कहते हैं अब हम देखेंगे पंचिंग पंचिंग ऑपरेशन का कार्य मतलब कि किसी भी जॉब में करने के लिए जो ऑपरेशन यूज करते हैं उसे हम पंचिंग ऑपरेशन कहते हैं और ड्रिप्टिंग ड्रिप्टिंग ऑपरेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है पंचिंग किए गए होल को समानांतर या किसी दूसरे आकार में बड़ा बनाने के लिए टूल की सहायता से हम ये ऑपरेशन करते हैं। फोर्स बिल्डिंग ये जो है? है बिल्डिंग प्रोसेस का ही एक है जो कि की, की जाती है फोर्स बिल्डिंग है क्या इस कार में धातु के दो या दो से अधिक आपस में जोड़कर बनाने की जो क्रिया की जाती है उसे हम फोर्ज फोर्ज के के नाम से जानते हैं और इसमें धातु को में रखकर पर किया जाता है, जिस जॉब को एंग के ऊपर रखकर चोट लगाई जाती है जिससे धातु आपस में गुड़ जाती है मतलब कटिंग प्रोसेस जो कि है नाम से ही आपको समझ में आ रहा किसी भी जॉब को कटिंग करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे हम कटिंग प्रोसेस कहते हैं इस तरीके से फोर्थिंग चैप्टर का पार्ट थ्री आज यहीं पर कंप्लीट हुआ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो